साथियों नमस्कार कन्या राशि के जातकों का जुलाई माह कैसा जाएगा इस माह में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इस माह के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे लकी डेज कौन से रहेंगे मतलब शुभ दिवस कौन से रहेंगे और अशुभ दिवस कौन से रहेंगे इस पर हम प्रकाश डालेंगे अंत में हम आपको लकी कलर बताएंगे कि पूरे माह के लिए लकी कलर कौन सा रहेगा आपके लिए भाग्यशाली अंक कौन सा रहेगा और उपाय भी बताएंगे दर्शक आगे बढ़ें उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि दिनांक 10 से 13 जुलाई रायपुर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 20 से 25 जुलाई मुंबई महाराष्ट्र आ रहे हैं इच्छुक दर्शक जो कोई भी यहाँ से हैं आप लोग मिल सकते हैं और कन्या राशि के जातकों सबसे पहले तो इस माह के व्रत एवं त्यौहार पर दृष्टि डाल लेते हैं तो 2 जुलाई को पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा चार जुलाई बृहस्पतवार दिन रहेगा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलेगी बारह तारीख देवशैनी एकादशी सोलह तारीख को आषाढ़ पूर्णिमा गुरु गुरु पूर्णिमा भी इसी दिन है गुरूर ब्रह्मा गुरुर् देवो महेश्वरा और कर्क भी को ही है। जैसे कर्क राशि में आएंगे तो यही संक्रांति कही जाती है सत्ताईस तारीख को काम का एकादशी है तो एकादशी जो लोग रहते हैं आप लोग व्रस्त रह सकते हैं बारह तारीख और सत्ताईस तारीख को तो कन्या राशि के जात को जुलाई में इस माह लग्नेश बुद्ध के लाभ स्थान में होने से विशेषकर एक से लेकर के 10 जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे नवीन कार्य की योजनाएं आपकी बनेंगी और क्रियान्वयन जो है जो इसका संचालन है ये बहुत जल्दी होगा एक से 10 जुलाई के मध्य कोई प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा और आपके ट्रांसफर का भी योग है मन मुताबिक आपको ट्रांसफर होगा और सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा इस महीने में आर्थिक कुछ उलझन भी आती हुई दिखाई पड़ रही है आपके पास आमदनी अठनी और खर्चे रुपये वाला हाल होगा अधिक खर्च के साथ कुछ घरेलू परेशानियां भी आ सकती हैं इसका आपको सामना करना पड़ेगा मन में कुछ आपकी अशांति होगी कुछ हो सकता है कि मन आपका असंतुष्ट हो जिसके कारण आपके मन में क्रोध बढ़ सकता है यदि आप स्टूडेंट्स हैं और कोई एग्जाम देने जा रहे हैं एक से लेकर के दस तारीख के मध्य तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा वाहन इत्यादि सावधानीपूर्वक चलाइएगा वहीं दस से लेकर के और बीस तारीख की यदि हम बात करें तीन कैटेगरी में एक से दस दस से बीस और फिर बीस से इकतीस तो दस से बीस तारीख की यदि हम बात करें तो आपको कोई कोर्ट कचहरी से समझ लीजिए कि राहत प्राप्त होती हुई नहीं दिखेगी लेकिन स्टूडेंट वर्क इस दौरान कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे माता पिता से आपको उत्तम सहयोग प्राप्त होगा कोई आपको जो है समझ लीजिए कि भूमि भवन से लाभ की स्थिति भी दिख रही है इसके साथ इस दौरान आप धार्मिक यात्राओं पर जीवनसाथी के साथ घूमने जा सकते हैं इस दौरान बड़े भाई को लेकर के कुछ आपके मन में टेंशन रहेगी कुछ आपको हो सकता है दिक्कत आए लेकिन इस दौरान यदि आपने किसी को पैसा धन उधार दे दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगा शेयर मार्केट वगैरह से दूर रहिएगा वहीं 20 से 31 के मध्य की यदि हम बात करें तो आपको हो सकता है कार्यों में कुछ असफलता मिले भूमि भवन से हानि का योग भी बन रहा है और यदि भूमि भवन से रिलेटेड कोई कागजी कार्रवाई पर आपको साइन करनी है तो इस माह को थोड़ा सा आप क्विट कर दीजिए रोक दीजिए धन आगमन में आपके बाधा आएगी आपने किसी को पैसा दिया होगा आपको वापस नहीं मिलेगा आय में कमी रहेगी मुकदमों में आपको इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे 20 से इकतीस के मध्य आपके अपनों के साथ मतभेद होंगे मानसिक व्यथा एवं शारीरिक पीड़ा शारीरिक कष्ट कुछ रहेगा और होगी विरोधी एवं विरोध विरोधी आपके आपके जो है ऊपर प्रभावी रहेंगे महिलाओं के कारण कलह एवं कष्ट की स्थिति बनेगी आध्यात्मिक अथवा मांगलिक कार्य कोई स्थगित हो सकता है आपके मन में कुछ दूषित दूषित विचार बन सकते हैं प्रशासकीय सहयोग ना मिलने से मन आपका बड़ा खिन्न रहेगा लेकिन 26 से 31 तारीख के बीच में आप अपने जो है वाणी के कारण वाक चतुर्य के कारण किसी पद की प्राप्ति करेंगे व्यवसाय अथवा अन्य कामों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है आपकी आर्थिक स्थिति इस दौरान बड़ी मजबूत रहेगी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी दांपत्य जीवन मधुर रहेगा प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी कोई नया प्रेम संबंध आपका स्थापित होगा मित्रों तथा सहकर्मियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा किसी के दुर्व्यवहार से आपको कष्ट हो सकता है मन अशांत हो सकता है तो ये तो था जुलाई माह अब बताते हैं कि आपके लिए जो शुभ तिथि कौन सी रहेगी इन तिथियों में आपको जो है जो कार्य को आपको करना है आप लोग कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी एक तारीख तीन तारीख छः तारीख आठ तारीख सत्रह तारीख उन्नीस बाईस सत्ताईस उनतीस और तीस ये सबसे लकी डेज आपके रहेंगे जो कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य आपका पूरा होगा अशुभ दिवस कौन से हैं जिनमें आपको विशेष सावधानी रखना है तो दो तारीख है चार तारीख है पाँच तारीख है नौ तारीख है दस तारीख है चौदह तारीख है सोलह तारीख है और देखिए बारह तारीख को भी विशेष सावधान रहिएगा उसके बाद चौबीस तारीख है छब्बीस तारीख है और इकतीस तारीख की शाम के बाद से समय थोड़ा सा गड़बड़ तो आपको बचना रहेगा आपके लिए लकी कलर कौन से रहेंगे तो लाइट ग्रीन कलर आपके लिए इस माह सबसे लकी रहेगा और दूसरा वाइट कलर आपके लिए लकी रहेगा सबसे लकी नंबर आपके लिए तो दो अंक बता रहे हैं अंक पाँच और अंक तीन ये दोनों आपके लिए बड़े भाग्यशाली अंक रहेंगे अब आपको उपाय क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर विष्णु सहस नाम का पाठ हर बृहस्पतिवार वाले दिन आपको करना रहेगा वहीं पर सोमवार वाले दिन शिवलिंग में आपको शिवलिंग पर आपको जल में शहद डालकर के घोल लेना है उसके बाद रुद्राष्टक के पाठ से आपको जो है चढ़ाना रहेगा अर्पित करना रहेगा बुधवार वाले दिन यदि कोई किन्नर मिल जाए तो इनको आप लोग मीठा पान खिलाइए और कुछ दक्षिणा दीजिए यकीन मानिए धन संबंधी सारे अवरोध आपके खत्म हो जाएंगे एक अंतिम प्रयोग और बता रहे हैं इसको आप लोग जरूर करिएगा और बहुत ही ये सिद्ध प्रयोग है इस माह किसी भी दो बुधवार को आपको मछलियों को चारा खिलाना है और चारा ऐसा वैसा सा आप नहीं खिलाना है आटे का बना हुआ नहीं चावल के आटे का बना हुआ चारा खिलाना खिला के देखिए बड़ा आनंद आएगा धन संबंधी सभी मार्ग आपके प्रशस्त होंगे नौकरी में जो बाधा आएगी ये दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा उपाय कैसे लगे भी बताइएगा और हाँ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे जी न्यूज पर जो हमारी भविष्यवाणी इलेक्शन 2019 की थी लोकसभा को लेकर के हमारी प्रिडिक्शन लोग कहते हैं कि आपकी और चालक वालों की बहुत सटीक रही तो उसके लिए जी जो है जी, जी न्यूज का जी मीडिया का आभार आप लोग भी देख सकते हैं इस क्लिप को कि ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि 2014 की दो में पीएम मोदी की अगुवाई में दो सीटें हासिल करने वाली बीजेपी इस बार साढ़े के आस पास सकती है और एनडीए चार के पास फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी शनि की तीसरी दृष्टि देख लीजिए धनु राशि राशि पर पर पर जो है है अपने कुंभ पड़ रही और के घर पड़ रही है ए की तीसरी दृष्टि तो बात नहीं कर रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकलेगी और कम से कम दो सौ अस्सी से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 लगभग उसी के आसपास आसपास मैजिक आंकड़ा रहा बीजेपी का और इंडिया का तो देखिए ज्योतिष में बहुत सच्चाई से यदि आप जो जो है मतलब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ज्योतिष कर रहे हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है प्रकृति आपका साथ देती है खैर दर्शकों आप लोग यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बना बेल आइकन दबा सकते हैं यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और हाँ मुंबई 20 से 25 और रायपुर छत्तीसगढ़ 10 से 13 आ रहे हैं मिलना ना भूलिएगा दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार